तू भी है आमने सामने सामने को बहका दिया इश्क के जाम सफर, हर सफर में तेरी कमी दिल तेरा ही तो है मेरे हाथ की जमी हम दर्द तू दर्द से मेरे बाकी गरीब देख की इक मुलाकात, मुलाका तुम बाद तुम्हें उनका यूँ मुस्क हो गया कल तरक वो जो मेरे ख्यालों में थे का आना सब हो गया